इसमें मत ना खा पी सके दिक्कत ओ वो झड़ी के ये ओए ओए ओए फोन फोन है है तेरा पता लग लगूगा दिल तेरा जा आते फिरते याद करते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 ये ये ये उठा ओए यार रा बना दे अरे मैं ना आया रखछु अपना अपना लगा के पहना दे दे दिखा आज सारे परिवार जुए गुड्डा ये ओए दादा क्या क्या कर रही है ये ए ए ए गुड्डा ओए <laughs> yeah. Come on. Arey Nuna? I see when you're making <laughs> it. Back. Yeah. <laughs> yeah. Hey. Hey. Hey. Hey.